हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप फाइव पैसा एप्लीकेशन में लॉगिन किस तरह से कर सकते हो या आपने पहले फाइव पैसा एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन किया हुआ है पर आपको आपका जो साइलेंट आईडी है या यूज़र आईडी होता है वो आपको पता नहीं है आपको लॉगिन करना है और किस तरह से करना है इसका फुल प्रोसेस मैं आगे, आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है फाइव पैसा जो एप्लीकेशन है इसे आपके मोबाइल में ओपन कर लेना है जैसे आप फाइव पैसा एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपके सामने फर्स्ट में इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपके सामने नीचे दो ऑप्शन आ जाते हैं ओपन और फ्री अकाउंट और उसके नीचे लॉग तो फ्रेंड्स हमने अकाउंट ओपन कर लिया है अब हमें बस नीचे लॉग पर क्लिक करना होगा तो हम लॉग पर क्लिक करेंगे जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या साइलेंट कोड होता है वो कोड आपको यहाँ पर इंटर करना होगा तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास साइलेंट आईडी भी नहीं है और ईमेल भी नहीं है तो मैं यहाँ पर मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यूज़ करूँगा तो फ्रेंड्स आपके पास ई होगा तो आप ई मेल कर सकते हो या आप साइलेंट कोड होगा तो साइलेंट कोड से सीधा है यहाँ पर कर सकते हो तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मेरा जो मोबाइल नंबर है वो पर इंटर कर देता हूँ मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना होगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर उनकी तरफ़ से एक ओटीपी आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए ओटीपी टी ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ नीचे देखिए डेट मंथ और इयर्स में यहाँ पर इंटर कर देनी है तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ तो फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद नीचे आपको वेरीफाई कर लेना है तो हम नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेटअप पिन यानी कि आपको यहाँ पर कुछ भी जो छः डिजिट का पिन है वो पिन आपको यहाँ पर इंटर करना होगा तो मैं यहाँ पर मेरा जो पिन है वो पिन यहाँ पर बना लेता हूँ देखिए फ्रेंड्स वही पिन आपको नीचे कन्फर्म पिन पर दबा देना है यानी कि आपको वही पिन नीचे एक बार दबाना है देखिए फ्रेंड्स मैंने वो पिन सेट कर दिया है अब हम नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका जो फिंगर प्रिंट है वो इनेबल करना है तो आप कर सकते हो तो फ्रेंड्स आपको फिंगर पर इनेबल करना है आपको फिंगर प्रिंट इनेबल करना है मोबाइल का तो आपको सेटअप और ड्राइव लॉक पर जाना होगा जैसे आप वहाँ पर जाओगे तो आपको फिंगर लगा देना है तो आपका जो फाइव पैसा अप्लीकेशन है वो एटोमेटिकली यहाँ पर लॉग हो जाएगा तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको मेरा जो साइलेंट आई है वो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो आपको देखिए ऊपर जो छोटा सा लोगो दिख रहा है प्रोफाइल का तो आपको बस उस पर क्लिक कर देना है जैसे आप उस पर क्लिक करोगे देखिए फ्रेंड्स मेरा जो नेम है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ अभी तो देखिए फ्रेंड्स मैंने नेम पर क्लिक कर दिया तो देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर नेम पूरा आ चुका है मेरी साइलेंट आईडी भी आ चुकी है मेरा जो बैंक अकाउंट आई है वो भी यहाँ पर आ चुका है पैन नंबर ये सारी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है तो फ्रेंड्स आप भी आपका जो फाइव पेस एप्लीकेशन है इसमें आपकी जो साइलेंट आईडी डी हो भूल जाते हो या आप अपनी ईमेल आईडी आई कुछ भी हो आप भूल जाते हो और आप दोबारा फोन पे से एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो तो आप ये वाला जो प्रोसेस अभी मैंने बताया है इस प्रोसेस को फॉलो करके फाइव पैसा एप्लीकेशन में आप जो है वो लॉग इन हो सकते हो तो फ्रेंड्स आपको लॉग इन करते समय इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो जाते समय हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लॉगिन करते समय कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद टाटा बाय बाय फ्रेंड्स